किया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सो बार शुक्रिया सो बार शुक्रिया हंड्रेड बार शुक्रिया बिलियन बार